Oh जी अबे से दूसरी ए, लाला आ लाला प्रेंग प्रेंग प्रेंग लाला लाला फिर ने दिया अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा छोड़ो छोड़ो छठो नहीं कोई नी आया <laughs> भाई, भाई लाला का लाला, लाला का बीच मोड़ आने पर अरे गॉर्डन वाले गॉर्डन अरे ये लोग टारगेट कर दो इधर बेटा ये चलो मार दिया भाई सुन भाई मुझे सब पूरा सुन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 God, God. <laughs> अभी बोल अभी बोल प्यार प्यार चल सा ले अरे गॉड वन प्योर कर दिया वन कर दिया लाला का बीस्ट मोड होने मोडानेन बी फोर कर देगा लाला <laughs> अभी मेरे बच्चे है चल चल चल चल चल चल चल भी भी ले टीपी भी ले रहा रहा इधर ही भाई चल वन बी फोर होके आगे लवड़ा लाला गोल लाला चिल भाई लाला देव धपा धप वन बी फोर दे दिया